हाय मैं सैल डॉक्टर नगेंद्र थालोर कार्डियोलॉजिस्ट स्टेट सीकर आज अपन बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में इस क्या होता है ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल कितना होता है और ट्राइग्लिसराइड से क्या क्या शरीर में परेशानी हो सकती है और इसको कैसे अपन नॉर्मल लेवल में रह सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के तो ड्राइग्लीसाइड फैट का एक टाइप है जो अपने ब्लड में पाया जाता है और मेनली अपने खाने में जो डाइट होती है उससे अपने को मिलता है और शरीर में अपने लीवर है वो भी ट्राइग्लीसाइड बनाता है तो ट्राइग्लीसाइड का मेन काम होता है ये अपने शरीर को एनर्जी देता है जब अपने को जैसे अपन भूखे हैं खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उस टाइम में यदि एनर्जी की जरूरत है तो ट्राइग्लिसाइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और अपने को एनर्जी मिलती है लेकिन यदि अपन बहुत ज़्यादा अपन कैलोरी वाला फूड लेते हैं और अपन उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो जो एक्स्ट्रा अच्छा जो भी कैलोरी होती है वो अपने शरीर में जो फैट सेल्स होती हैं उनमें स्टोर हो जाती है और वो एक ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और वो फिर यदि अपना नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा होता है तो अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक रहता है तो ट्राइग्लिसराइड से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यदि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है नियर थाउजेंड ये पहुंच जाता है तो अपने को पेनिस कर सकता है इनफ्लान पेन किलियर जिसमें होते रहता है और अपने को ये कर सकता है अपने यदि तो अपना, तो अपना एक सौ पचास से ले सौ निन्यानवे तक है तो अपने को उसको अपन बॉर्डर लाइन हाई बोलते हैं और अपना दो सौ से लेके चारो नवे तक है तो उसको अपन हाई बोनेंगे और यदि अपना पाँच से भी ज्यादा चला जाता है लेवल तो उसको अपन वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड मानते हैं और वो बहुत ज्यादा इसकी रहता है उसमें अपने को नियर अबाउट फ्यूचर में डीजी स्ट्रोक कई सारी दिक्कत होने के चांस रहते हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो ट्राइग्लिसराइड को अपन इजीली मैनेज कर सकते हैं यदि अपन कुछ चीजों को फॉलो करें तो आज अपन दस आ, टेन मैथ के बारे में बात करेंगे आ, बिना किसी मेडिसिन के कि कैसे ट्राइक् तो नंबर वन है शुगर यदि अपन अपन डाइट में शुगर को कट डाउन कर देते हैं तो ये फास्ट वे है ट्राइग्लीसाइड को कम करने का क्योंकि जो शुगर होती है वो डायरेक्ट अपने शरीर में कन्वर्ट होती है ट्राइग्लीसाइड में और वो अपने ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है तो किसी भी फॉर्म में अपन शुगर न लें जैसे अपन कैंडी है पेस्ट्री है जो केक होते हैं चॉकलेट होती है अपन जूस लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जिनमें समय बहुत एडेट शुगर होता है तो यदि अपन शुगर को कट डाउन कर देते हैं तो अपन बहुत जल्दी अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल रेंज में आने लग जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन यदि कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करते हैं यानी अपनी नॉर्मल डाइट मेंसेंट पार्ट अपने डाइट का कार्बोहाइड्रेट होता है बाकी पार्ट फैट और प्रोटीन होता है तो यदि अपने कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं तो अपन काफी हद तक ट्राइग्लीसाइड लेवल को कम कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जैसे अपन अपना जो राइस है और अपन जैसे आलू हैं या मैदा से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं कचौरी है समोसे हैं जो नमकीन वगैरह हैं जो भी रहती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उन सब को यदि अपन कम करें तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर सकते हैं तीसरा है फैट फैट है जो कि डायरेक्ट सोर्स है ट्राइग्लिसराइड का जो भी ऑयल या जो भी अपन घी तेल खाते हैं वो डायरेक्ट ट्राइग्लीसाइड रहता है ट्राइग्लीसाइड खोह में जाके स्टोर होता है तो जो कि सेचुरेटेड फैट रहती हैं और ट्रांस फैट रहती हैं। ट्रांस फैट जो मोस्टली जो अपने पैक्ड फूड रहते हैं, फ्रेंच फ्राइज रहती हैं और जो भी ये फास्ट फूड रहते हैं इनमें सभी फैट बहुत ज्यादा रहता है तो इन चीजों को अवॉइड करें और इसके साथ साथ आप यदि अपने खाने में अनसेचुरेटेड फैट है जैसे मोनो या पोली फैट को इनवोट कर सकते हैं जिन में जैसे ऑयल आते हैं कुछ जैसे ओलि ऑयल है केनाला ऑयल है वालनट ऑयल है इनको अपन इंक्लूड कर सकते हैं तो जो चीज चीज अपनी आती है आ, प्रोटीन डाइट यानी अपन खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम करें और प्रोटीन डाइट को अपन इंक्रीज कर दें तो प्रोटीन क्या स्लोली एब्जो होता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में और वो शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है तो ट्राइग्लिस उससे धीरे धीरे ट्राइग्लीसाइड कम बनेगा और काफ़ी हद तक वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो प्रोटीन डाइट में आप अपने जैसे दालें रहती हैं और अपने जैसे चने हैं या किसी भी फॉर्म में आप प्रोटीन खाएं तो वो अच्छा रहता है ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए नेक्स्ट जो है आप जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स की बात अपन करते हैं ओमेगा थ्री एसिड है जो फिस में पाए जाते हैं वालनट में होते हैं तो वो आप खाइए वो एक अच्छा सोर्स है ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और अपने शरीर के दूसरी चीज़ों को इम्यूनिटी को भी वो बढ़ाता है तो वो अपन ले सकते हैं नेक्स्ट अपन बात करें स्मोकिंग है स्मोकिंग से बहुत सारी रिस्क रहती है अपने तो स्मोकिंग क्या करता है अपने डायरेक्ट वो वेजोकशन करेगा ब्लड वेजल्स का और अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ग्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ाएगा शरीर में तो यदि अपन स्मोकिंग को बंद कर देते हैं तो अपने ट्राइग्लिसाइड और दूसरे कोलिस्ट्रोल है सारे लेवल काफी हद तक कम हो जाते हैं नेक्स्ट है एल्कोल एल्कोल एक डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का क्योंकि एल्कोहल में बहुत ज्यादा कैलोरी रहती है और वो डाइट जाके कैलोरी जो भी रहती है वो अपनी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर हो जाती है तो जो लोग ड्रिंक करते हैं एल्कोलिक होते हैं उनको ट्राइग्लिसराइड जरूर कराना चाहिए उनका लगभग लेवल हाई रहता है तो यदि अपना एल्कोल कट डाउन कर देते हैं ज्यादा नहीं मिलेगा नेक्स्ट अपन बात करें तो वेट है या ओबीज जो पर्सन रहते हैं वो बहुत ही कॉमन कारण है, है। क्योंकि जो वेट रहेंगे उनमें जो भी फैट जमा रहता है वो सब ट्राइग्लिसराइड रहता है तो यदि अपन वेट अपना पांच से लेके दस परसेंट तक अपना बॉडी वेट अपन कम कर लेते हैं तो काफी ट्राइग्लिसराइड एक बहुत तेजी से अपना डिक्रीज होगा तो जो कंडीशन रहती है जैसे अपने को क्रोनिक कंडीशन है कोई भी डायबिटीज है हाइपोथर है यानल डिजीज है लीवर की डिजीज है आप किसी भी फो में कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज एक बेस्ट सोर्स है फैट को बर्न करने का जो तो भी तो किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आप रनिंग करें जॉगिंग करें स्विमिंग करें साइकिल करें, आप, रो कर आप, आप, आप रोज आ, दस से लेकर बारह मिनट तक अपना स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना और डे बाई डे उसमें दो मिनट इंक्रीज करें दस कितने बारह चौदह सोलह अठारह और ये जब तक बढ़ाते रहे जब तक आप तीस से पैंतालीस मिनट तक आपका ड्यूरेशन बढ़ जाए क्योंकि यदि आप पैंतालीस मिनट रोज एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपके ट्राइग्लिसराइड तो कम होगा हो ही होगा साथ में दूसरे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगे आपका ब्लड है आपका बीपी है आपका शुगर है वो भी आपको कम रहेगा कंट्रोल रहेगा और कुछ टिप्स हैं जिनको आप यदि फॉलो करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड डेफिनेटली आपका नॉर्मल रेंज में रहेगा और आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं थैंक्स